युवाओं से बात हुई युवा कहते हैं हमने इंजीनियरिंग की कोई कहता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी मैंने ये प्रोग्रामिंग सीखी मैंने वो प्रोग्रामिंग सीखी कंप्यूटर को चलाना सीखा अच्छा अब क्या करते हो अब मैं मजदूरी करता हूँ मुझे पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी मिली है मैं 20 साल हूँ मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश है मम्मी पापा कभी सोचे नहीं थे कि मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर मैं श्रीनगर से हूँ और मुझे जूनियर की जॉब एनआईटी श्रीनगर में में मिली है फैमिली पहला गवर्नमेंट होने के नाते मुझे बहुत गर्व है और मुझे खुशी है कि मुझे लोगो की सेवा करने का मौका मिला है as nursing officer uh, as i am the first government job from my family this uh, job me opportunity to return back to my hometown it is very helpful uh, this this job meant a lot to me mechanical engineering me diploma kiya hu aur mai government politing bhi karunga rrmj ka vacancy aaya tha jisme mein maine rrm kolkata चूज किया था और मैंने फॉर्म भरा इसके बाद इसका दो स्टेज में एग्जाम होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है और जब मेरा ये दोनों एग्जाम क्लियर हुआ इसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया गया जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो गया तो इसके बाद मुझे इम्पैनल किया गया और इम्पैनल होने के बाद मुझे आप के हाथों मुझे रोजगार मेले के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर मिला आई एम वर्किंग इन कोल इंडिया लिमिटेड ए प्रेस्टिजियस कंपनी इट इज अ ड्रीम टू एवरी माइनिंग स्टूडेंट प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग सो माई फैमिली वॉज सो हैपी आई एम आई एम टू सो हैप्पी